जन सुनवाई में अधिकारियों के लापरवाही का एक बड़ा मामला सामने आया है जिसमें एक किसान ने जन सुनवाई में शिकायत करते हुए कहा कि वो अपने पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है मामला डिंडौरी का है जहा भाजी टोला निवासी कीरत सिंह ने बताया कि वो विगत अठारह महीने से अपने जीवित होने का प्रमाण दे रहा है लेकिन जिले के जिम्मेदार अधिकारियों ने अब तक इस पर कोई भी कार्यवाही नहीं की है इन जिम्मेदार अधिकारियों ने उसे मृत घोषित कर दिया था जिसकी वजह से उसे किसान सम्मान निधि का लाभ नहीं मिल पा रहा है उसने चार बार कलेक्टर की जन सुनवाई सहित सी.एम. हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज करा दी थी लेकिन अब तक इन शिकायतों का समाधान नहीं हो पाया लिहाजा वो सिस्टम ऐसी परेशान होकर अब इच्छा मृत्यु की मांग कर रहा है पी सम्मान किसान सम्मान निधि में मैं अठारह मार्च ऐसी मृतक होकर इसलिए कलेक्टर महोदय से अब अपना इच्छा उनसे इच्छा मृत्यु का आवेदन ले आया हूँ कि मुझे मरने की अनुमति दे दीजिए क्योंकि 18 माह से मैं मृतक हूँ और कलेक्ट्रेट आते आते मेरे पास इतना समस्या हो गया कि आने के लिए गाड़ी का किराया भी नहीं इसलिए मैं कलेक्टर महोदय पास आया था कि मेरे को स्वयं अपने इच्छा से यहीं मरने की अनुमति दे दें